तो कहानी शुरू होती है ट्वेंटी सेवन फेबरवरी दो से जब अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पूजन में गए हुए हमारे गुजराती कर सेवक् अपने घर वापस जा रहे थे ये लोग जिस ट्रेन से जा रहे थे वह ट्रेन गोधरा स्टेशन पर जैसे ही पहुंची वैसे ही कोच नंबर एस सिक्स जिसमें मेजोरिटी कर सेवक होते हैं उस पर कुछ लोग आग लगा देते हैं जिसके कारण फिफ्टी लोगों की मौत हो जाती है जिसके बाद गुजरात में काफ़ी रिवॉर्ट्स होते हैं ये कहानी है गोत्राखंड